अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंटरनेट से ईज़िली पैसे कमा सकते हैं ईज़ीली मतलब इन देंस ये है कि आपको पूरा एक रोड मैप मिलेगा जो बड़ा ईज़ी है लेकिन एकूरेट है लोग क्या करते हैं आपको ये बताते हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस सीख लें आप कैनवा की सर्विसेज़ सीख लें या कोई भी चीज़ जो है वो आप सीख लें लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आपने इसको मार्केटिंग कैसे करना है और कहाँ करना है और कहाँ से जो है वो आपको ज़्यादा फायदा होगा मैं अपने चैनल पे अक्सर लोगों को देखता हूँ कि यार बड़े ग़ुरबत के हालात बहुत ज़्यादा इस मुल्क में हो रहे हैं तो मकसद सिर्फ यही है कि यार अगर हम किसी की मदद कर सकें अगर हम किसी की ज़िंदगी में बदलने में थोड़ी सी भी हेल्प कर सकें तो हम लाजमन करें इस वीडियो में मैं आपके साथ वो अपनी टेक्निक शेयर करूँगा जैसे मैं कॉल सेंटर करता था तो हम अपने कॉल सेंटर में कैसे जो है वो सर्विसेज सेल करते थे आप घर बैठे भी उन सर्विसेज को सेल कर सकते हैं आपके पास कोई भी सर्विसेज नहीं है तो बड़ी छोटी सी और बेसिक सी सर्विसेज होती हैं आप फेसबुक की डिज़ाइनिंग करना सीख सकते हैं फेसबुक की मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन करनी यूट्यूब की थमनल डिज़ाइन करना इवन मेरे जो अपने यूट्यूब के थमनल डिज़ाइन होते हैं वो तकरीबन हार्डली दो से पाँच मिनट के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं और उसके लिए मैं जो मेरी टीम है उनको मैं पे करता हूँ इसी तरह बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो आपको हायर करेंगे आप उनको सर्विसेज ऑफ़र करेंगे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एज अ थल ग्राफिक डिज़ाइनर तो खैर एक बड़ी चीज़ हो जाएगी आप एक जो है वो उनका जो थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं उनके जैसे मेरा मेरे केस में मेरे सोशल uh, हैंडल जो हैं वो मैनेज करने के लिए लोग हैं जो वो मैनेज करते हैं इसी तरह व्हाट्सएप की जो है वो आ, हमारी टीम है तो इसी तरह लोग जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ़र करते हैं कि जैसे आप किसी की फेसबुक का जो अकाउंट है उसको मैनेज करेंगे और उसके बिहाव पे पोस्ट करेंगे अब ये पोस्ट आप डिज़ाइन कहाँ करेंगे मैं वीडियो बड़ी आपको जो है ना ये सारे टॉपिक्स पे आपको पहले वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन जो रोड मैप है ना वो नहीं मिलेगा उसको मुझे जो है वो आपको एकूरेट बताना है आपने अब आप जो है वो विदाउट एनी स्केल जो है वो फेसबुक की पोस्ट कैसे डिज़ाइन करनी है उसके लिए एक ऐप है बड़ी बेसिक ऐप है और फ्री ऐप है कैनवा आपने जस्ट सिंपली गूगल पे सर्च करना है कैनवा और बड़ी बेसिक ट्रेनिंग आपको इंटरनेट पे बा आसानी मिल जाएंगी आप लेडेस पोज के आपने जो है वो कोई भी सर्विसेज सीख ली आपने सीख लिया कि आप फेसबुक का जो है वो पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं आप जो है वो ट्विटर की कोई पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं ये सीख लिया आपने यहाँ तक तो आपको बहुत से लोग सिखा देंगे अब आगे क्या करना है वाट इज़ नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करना है अगर आप ये सब नहीं भी सीखना चाहते तो आप किसी को अपने साथ किसी फ्रीलांसर को भी अपने साथ एसोसीट कर सकते हैं उसके लिए सिंपली आप फेसबुक पे जाएं और फ्री ग्रुप सर्च कर लें जस्ट आपने टाइप करना है फ्री आपको दर्जनों ग्रुप्स मिल जाएंगे उनमें आपने क्या करना है कि आप किसी बंदे के साथ कॉर्डिनेशन कर लें जैसे आप मैंने पॉइंट ऑफ सेल पी यू एस पॉइंट ऑफ सेल जो होता है वेबसाइट डिवेलपमेंट हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस था उसमें हमने बड़े लोगों को जो थे वो फ्री लांसर्स हायर किए हुए थे मैंने 30-70 रखे हुए थे 30% उनका 70% हमारा क्योंकि हमें जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुटअन करना पड़ती हैं तो आप भी किसी बंदे को अपने साथ साथोसीट कर सकते हैं लेकिन शाजो नजरी अच्छे बंदे मिलते हैं चलें इन आ केस बेटर है पहले स्टेप में आप खुद ही सीख लें कैनवा से जो कि आप बासानी सीख लेंगे कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको सीखना दूसरा काम आपको अब लोग सारे कहेंगे कि आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं आप वर्क पे अकाउंट बनाएं फ्रीलांसर्स वेबसाइट जो है उन पे अकाउंट बनाएं नो डाउट इनको पे अकाउंट बनाएं बट इनके ऊपर अकाउंट बना के ना आप जरा आप जाहिर है इनके ऊपर रेगुलरली बेसिस पे तो आप पोस्ट नहीं करेंगे ना आप इसको बनाएं और इसको वेल मैंटेन करें लेकिन इसके बारे से एक दूसरा वे है जो बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है आपने सिंपली गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है कोई भी बिज़नेस लेट्स लट्सपोज आप प्लंबर करते हो आप लाइक जो है वो इलेक्ट्रिशियन करते हो या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडर करते हो या कोई ब्यूटी शॉप करते हो आप करते हो जो है वो आ, फैशन डिजाइनर या कोई भी ऐसा बंदा आप जो है वो उसको सर्च करना है अपने यूएसए यूके ए यू के और कैनेडा मार्केट में आपने वहाँ उसको सर्च किया उसके बाद उसको जब आप सर्च करेंगे उसकी वेबसाइट आएगी कुछ लोग जिलों की वेबसाइट होगी उनकी वेबसाइट आएगी और जिलों की वेबसाइट नहीं होगी उसका भी दूसरा वे है वो मैं आ गया आपको जाके बताता हूँ आपने वहाँ से उस बंदे का कॉन्टेक्ट में जाना है पहले वेबसाइट पे जाना है फिर उसके कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट पे जाना है और फिर उस कॉन्टेक्ट में से उसकी ई को आपने ले लेना है या उसके है। सोशल हैंडल्स को आपने ले लेना है उस ई को आपने वहाँ से निकाला और उसको एक ईमेल आपने टाइप करनी है उसमें आपने लिखना है असलम लेकुम या हाय मेरा नाम जो भी आपका नाम है ये ये है और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ ये ये मेरी सर्विसेज हैं और मैं जो हूँ ये सर्विसेज आपको ऑफ़र कर रहा हूँ जो भी आपके सर्विसेज हैं वो आपने एक लिस्ट ऑन करनी है आपने उसे ये ज़रूर बताना है कि भाई आप कहाँ से हो क्यों क्यों बताना है क्योंकि आगे, आगे आप उसने आपको पेमेंट सेंडिंग करनी है दूसरी चीज़ जो सर्विसेज आप उसे ऑफ़र करोगे वो खुद ही अंदाज़ा कर लेगा कि आप कहाँ से हो गोरे को आपकी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश कैसी है आप कैसा बोलते हो गोरे को आपकी सेंसेरिटी से बड़ा, बड़ा फ़र्क पड़ता है प्लीज़ उसके साथ आप सेंसेर रहें वरना पाकिस्तान का नाम बड़ा ख़राब होगा ऑलरेडी बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है मजीद आपने इसको टेंपर नहीं करना कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं लाजमन करें उससे पहले आपने अपना थोड़ा सा होमवर्क कर लेना है होमवर्क में क्या करना है कि आपने अपने नाम का एक फेसबुक अकाउंट बनाना है जो भी आप नाम यूज कर रहे हैं ब्रांड यूज कर रहे हैं ब्रांड यूज कर लें उसके बाद एक यूट्यूब चैनल बनाएं उसके बाद एक प्रिंट्रेस्ट एक ऐप आएगी प्रिंटरेस्ट के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा पी, पी आई एन टी ई आर ई एस टी ठीक है आप इसको सर्च कर लीजिएगा ये आपको मिल जाएगी और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा वही चीज़ जो है जैसे ये भी सोशल हैंडल है आपका फिर आप एक ट्विटर पे एक अकाउंट बनाइएगा वो भी आप जो है वो कैनवा से उसके सारे टैम्पलेट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टेन टैम्पलेट टैम्पलेट्स आपने कैनवा से डाउनलोड करने हैं उनको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है जो कि आप ईजिली जो है वो वीडियो से आप सीख जाएंगे उसको आपने अपने अकाउंट पर चढ़ा देना इन सारे अकाउंट्स पर आपने चढ़ा देना है और उन जो आपने ई लिखी है उसके नीचे रिगार्ड्स के नीचे आपने ये जो है ना ये सारे अपने लिंक्स डाल देने हैं और नीचे लिख देना है कि सर मैं आपको जो है ना वो थ्री डेज़ का फ्री ट्रायल दूंगा नो no डाउट मैं ट्रायल रिकमेंड नहीं करता लेकिन स्टार्टिंग में ट्रायल देना बड़ा ज़रूरी है उसमें आपने ट्रायल में आपने बता देना कि जी मैं आपको जो है वो आप इन टेन पोस्टों में से कोई एक पोस्ट सेलेक्ट कर लें मैं आपको उसमें जो है वो ट्रायल कर देता हूँ या वट जो भी जो है वो आपके साथ कमिट करता है उस तरह का कर लें कोशिश यही करें कि आप कैनवा से रिलेटेड ही उसे पोस्ट करें ऐसे नहीं कि वो आपको कोई और चीज़ बता दे और वो आपको आती ना तो बेटर इज दिस कि जिस आप उसमें हो उसी कस्टमाइजेशन में आप उसे ऑफ़र करें आपने वक्त की पाबंदी करनी है गोरे के साथ ये याद रखिएगा पक्की जुबान देनी है वो ये नहीं होगा कि मेरी लाइट चली गई थी मेरी ये अगर आप एक काम तीन दिन में कम्प्लीट कर सकते हैं तो कम अज़ कम उससे एक वीक का टाइम लें या डेढ़ वीक का टाइम लें और लड़कियों और लड़कों को मैं खास तौर पे यह बात करूंगा आप इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करें या लोकल क्लाइंट को डील करें लड़कियां खास तौर पे अपनी सर्विसेज को सेल कीजिएगा क्योंकि आगे जो है वो मर्द बड़े शातिर होते हैं इन कामों में वो बड़ी बड़ी गलत कहानियाँ चलाते हैं मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो यहाँ से आपने ई ले लिया फेसबुक ले लिया लिंकड इन अभी ना आप जाएँ तो बेहतर है क्योंकि लिंकड थोड़ा प्रोफेशनल है जब आप थोड़ा इस पर ग्रोम हो जाएँ तो फिर आप चले जाएँ दूसरी चीज़ ये आती है कि लेटिस पोज अब हर बंदा जो है उसकी वेबसाइट तो नहीं होती तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती है यू यू एस और कनाडा ये आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में मिल जाएगी येलो पेजेस येलो पेजेस के नाम पे आपने गूगल सर्च करना है येलो पेजेस ये आपको येलो पेजेस मिल जाएंगे यहाँ से आप जाएंगे आपको यहाँ ई हर बंदे की मिलेगी वेबसाइट ओना हो लेकिन ई होगी वहाँ से आपने ई को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट किया और उस ई मेल पर ये सारा आपने बता दिया कि जी मैं यही हूँ ये ये मेरी सर्विसज़ हैं सर्विसेज मैं आगे जाके आपको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ आपने उसको बता दिया कि भाई ये है और ये आप मेरे से ख़रीद सकते हैं और इस, इस तरह है मैं आपको ये मार्केट प्राइस क्योंकि ज़ाहिर है उधर हो तो आप अगर बात करोगे तो बेसिक वेबसाइट अगर आप वहाँ की बात करो तो पंद्रह हज़ार बीस हज़ार डॉलर की बेसिक वेबसाइट होती है आगे तो पूछो ही ना कितनी जो है वो हमारे वहाँ हमने वहाँ ई आर पी सोल्यूशन बड़े दिए हुए हैं हमें पता है कितने कितने लोग चार्जेस लेते हैं वहाँ तो आप उनको कहें कि सर ये जो चीज़ है ये जो काम है आपको मैं इतने में करके दे दूँगा जैसे लेट्स पोज आप उसे कहते हो कि मैं आपकी जो है वो फेसबुक मैनेजमेंट करूंगा फॉर थर्टी डेज़ मैं आपको थर्टी जो है वो यूनिक पोस्ट आपके लिए डिज़ाइन करूंगा और जो भी आप उसके रिलेटेड कौन टेंट देंगे उसमें मैं स्पेशल टैग्स लगा दूंगा स्पेशल टैग भी कोई इतनी बड़ी गेम नहीं होती बस हैशटैग लगाना होता है आपने जो भी उसके सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आप हैशटैग यूज़ कर लो डैट्स इट बड़ा सिंपल है ये भी आप गूगल पे सर्च कर लोगे उसके बाद उसको आप ये पूरा एक पैकेज बना के देते हैं घोरे को कभी आपने एक सर्विस नहीं भेजनी याद रखिए घोरे को ये नहीं कहना कि एक दिन का ये चार्ज है घोरा महीने का सोचता है वो आ, उसको इतने पाँच हज़ार डॉलर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्विसिज़ आपकी कितनी होंगी सात डॉलर हज़ार डॉलर पंद्रह डॉलर अभी पंद्रह डॉलर की ना खेलें सात सौ या हज़ार डॉलर तक मैक्सिमम चले जाएँ उसके बाद तीस दिन में मैं सर आपको तीस दिन में जो है वो करूंगा लेकिन आपके साथ मैं बोनस चलता हूं मैं बोनस में आपको इंस्टाग्राम भी दे दूंगा या मैं आपको ट्विटर भी दे दूंगा या कुछ भी ऐसा वैसा है वही जो है अब वो कहेगा जी वो सेम पोस्ट होगी नो नो सर रेजोल्यूशन डिफरेंट हो उसको इतना भी काफ़ी इनको ना चीज़ें नहीं पता होती गोरों को आपने कर लिया ये हो गया आपका इंटरनेशनल क्लाइंट येलो पेजेस भी हो गए गूगल सर्च भी होगी बाकी क्रेग लिस्ट भी हैं बड़ी चीज़ें हैं लेकिन उसके लिए बड़ी आगे जो है ना वो चीज़ें होती हैं जो बेस्ट वे था हमारे केस में और हम जिससे क्लाइंट लेते हैं वो येलो पेजेस है। सिंपली हमारा तो कॉल सेंटर है और हम वहाँ से कॉल्स करते हैं अब आप कहेंगे कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को जो लोग नहीं टारगेट कर सकते वो क्या करें आप लोकली भी इतना पोटेंशल है ना लिटरली मैं इंटरनेशनल मार्केट में फाइवर पे और अवर पर जब मैं दिल बर्दाश्त होकर मैंने काम छोड़ा था ना देन मैंने लोकली क्लाइंट को कैसे ग्रैब किया वो मैं आपको बताता हूं मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट से फ्रीलांसिंग फेसबुक ग्रुप से चार लोग अपने साथ हायर किए जब मैंने अपना कॉल जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस दोबारा इस्टबलिश किया था 2017 में मैंने चार लोग अपने साथ लगाए और मैं पूरा दिन रोड्स पे होता था पूरा दिन बाइक पर पे, पे, पेट्रोल अपना जेल से लगा रहा हूँ different लोगों के पास जाता था क्योंकि मैं तो नाकाम हो गया था ना फाइवर और अवर पर मैं डिफरेंट लोगों पर मेडिकल स्टोर्स पर जाता था प्रॉपर्टी वालों के पास जाता था जिनकी प्रॉपर्टी की ज़रा अच्छी बनी हुई थी जिनकी कोई शॉप्स थी उनको कहता था कि सर हम आपको जो है वो ई आर पी सोल्यूशन देंगे इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग जो है ये सोलूशन होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आपने पी का नाम सुना होगा पॉइंट ऑफ सेल जो आप जाते हैं तो वो ऐसे करते हैं तो वो पूरा सॉफ्टवेयर आ जाता है बार कोड स्कैन और ये वो हम आपको पूरा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ये ये उसके चार्जेस होंगे लिटरली आप लोकली भी बड़ा पैसा लोग खर्चते हैं बस आपको अगर उनसे पैसा खर्चना आना चाहिए दो चार फ्री आप हायर कर सकते हैं साथ लगा सकते हैं थर्टी सेवेंटी की रेशो खुद बाइक पकड़ें खुद जाएँ आप नहीं यहाँ भी आप जो है वो वही सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं कि सर हम आपको फेसबुक के पोस्ट मैनेजमेंट करके देंगे ये करके देंगे वो करके देंगे अगेन आपने यहाँ ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं यहाँ आपको प्लस ये होगा कि आप कॉल्स भी कर सकते होंगे फेसबुक पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप जो भी प्रपोज़ल है जो इंग्लिश में राइट कर रहे हैं या जो उर्दू में राइट कर रहे हैं उसे गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश में भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में टारगेट रखें रोज़ाना का पचास इंटरनेशनल क्लाइंट और पचास लोकल क्लाइंट जिसके साथ भी आपने चलना है स्पेशली पाकिस्तानियों के साथ चलना है ना तो 50% आपने एडवांस लाजमन लेके चलना है ये मेरी बात आपने याद रखनी है 50% आपने एडवांस लाजमन लेके चलना है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आप चलेंगे तो वो भी आपको जो है वो कर देगा क्योंकि उसको वेस्टर्न यूनियन की कॉस्ट भी बड़ी ज़्यादा पे करेगी तो वो आपको 100% परसेंट ही पे कर देगा बस आप एक दफ़ा उसका ट्रस्ट जरा जो है वो बिल्ड कर लीजिएगा अब सर्विसज़ क्या बेचनी है आपने जब भी जो भी सर्विसज आपने बेचनी है सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आप दे क्या रहेगा कौन सी सर्विसेज है जो आप दे रहे हो वेबसाइट डिजाइनिंग है लोगो है ग्राफिक्स है कोई सॉफ्टवेयर आप बेच रहे हो वट या कोई अपनी जो आपने माइक्रो कोई निच सलेक्ट की है यानी कि कोई को छोटा छोटा काम जो आपने सिलेक्ट किया है वो आप दे रहे हो उससे उसको कितना फायदा होगा गोरे को आपने ये ज़रूर बताना है कि सर ये जो आप सर्विसज ले रहे हैं इससे आपको इतना बिजनेस मिलेगा इससे आपका ये सोशल अपेयरेंस आपकी ज़्यादा होगी दो चार आप सोशल मीडिया के बेनिफिट्स आप गूगल सर्च कर लीजिएगा आपको बड़े मिल जाएंगे उसके बाद वो आपसे क्यों ख़रीदे ये बेनिफिट आपने बड़ा जरूर देना है उसे कहना जी कि लोकली आपकी जो मार्केट में जो चार्जेस हैं लट्सपोज आप वहाँ से किसी बंदे को तो सोच ही नहीं सकते आप कि वहाँ से कितने कितने एक्सपेंसिव हैं तो अगर वहाँ कोई बेसिक पंद्रह हज़ार की कोई चीज़ है तो वो चीज़ अगर मैं सेम आपको आठ या हज़ार डॉलर में दे दूँ तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी तो वो वाकई इस चीज़ को तो करेगा और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको ट्रायल दूँगा लाइक like, जो सर्विसेज आप ट्रायल के बेस पे ऑफर कर सकते हैं वो ट्रायल के बेस पे स्टार्टिंग में आप करें लेकिन इसको कंटिन्यू ना करें स्टार्टिंग so, में ट्रायल जो है वो बेस्ट रहता है अच्छा अब पेमेंट मेथड जो है आप इंटरनेशनल बंदे से बंदा डील होगी देखो आपका ए टू सी रोड मैप होना बड़ा जरूरी है पेमेंट मैथड में आप वेस्टर्न यूनियन को प्रेफर करना स्टार्टिंग में फिर उसके बाद पे बन जाता है फिर आप सेकेंड ये करना कि ये नहीं कि अगर आपको लोगों की सर्विसेज आ रही हैं ग्राफिक्स की सर्विसज आ रही हैं तो आप ग्राफिक्स सीखने बैठ गए हो ट्राई टू बिल्ड अ कंपनी उनको रहने दो उनको करने दो आप नई कंपनी बिल्ड करो आप इसी कंपनी को एक्सपेंड करो ज़्यादा प्रोजेक्ट लो आप कंपनी रजिस्टर्ड कर लो यू एस एूके में किसी भी कंट्री में आप जो है वो कंपनी जिससे आपको ज़्यादा बिजनेस आ रहा है तब क्या होगा आपको बड़ी सर्विसेज मिल जाएंगी आपको बैंक एक्सेस मिल जाएगा वो बड़ा बेस्ट हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तानी अगर आप क्लाइंट की बात करते हो तो पाकिस्तान में भी आपको जैज कैश मिल सकता है और ईजी पैसा की सर्विसेज मिल सकती हैं अगर आप सिंपल हमारा जो कॉल सेंटर में होता था कि हम एक बंदे को टारगेट देते थे रेगुलरली 300 कॉल्स अब 300 कॉल्स में से उसकी तकरीबन 150 कॉल्स कॉल थी वो कनेक्ट हो जाती थी और 150 फिफ्टी कनेक्ट कॉल्स में से आलमोस्ट वो दो तीन सेल्स रोज की क्लोज कर लेता था ये बड़ी सीक्रेट बातें कॉल सेंटर में बड़ा पैसा बड़ा कमाया पैसा इसमें बड़ा पैसा अंधा पैसा है कॉल सेंटर में क्योंकि आप डॉलर में डील कर रहे होते आप लेटेस्ट फोर्ट सौ कनेक्शन रोजाना के सौ ई रोजाना के बेचते उस सौ में से फ़र्ज करो आप लगा लो कि आपको महीने की तीन हज़ार ईमेल्स चलेंगे उन तीन हज़ार में आप कहते हो तो चलो ज़्यादा नहीं तो क्या आपको तीस लोग भी अप्रोच नहीं करेंगे तीन महीने देना एटलीस्ट तीन महीने तीन महीने में आप अप्रोक्सीमेटली दस हज़ार ई कर लोगे दस हज़ार कनेक्शन बिल्ड कर लोगे क्या उन दस में से आपको सौ बंदे भी नहीं मिल सकते उन सौ बंदों के साथ सन्सेरिटी से चलोगे ना या दस बंदों के साथ आप सन्सेरिटी से चलोगे गोरा नहीं छोड़ता 2009 से जो हमारे साथ लिंक थे वो स्टिल लिंक हैं गोरा नहीं छोड़ता आप गोरे को छोड़ते हो अगर गोरे को आप सर्विसेज और कमिटमेंट्स दे रहे हो ना भाई एक तरीके से पहले गोरा आपके एक तरीके से पहले गोरा आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा गोरा इतनी ज़ुबान का पक्का है ना एक ही चीज़ है उनमें के ज़ुबान के बड़े पक्के होते हैं और कमिटमेंट्स के बड़े होते हैं बाकी ये चीज़ें आप करो यार दुख हो रहा है लोग भूख से मार रहे हैं थोड़ा कदम तो उठाओ एक लैपटॉप लो बेच दो कुछ घर में चीज़ें बड़ी होती हैं कुछ देर के लिए भूख कर लो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार तो ही इन हालातों से निकलोगे आ, बाकी वीडियो का अहतम यहीं करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगी को बेहतर फरमाए और अल्लाह तल हम सब को एक जो है मस्तकम रोज़गार दे एक इस मुल्क के हालात बेहतर करे ताकि हम सब खुशहाल हो सके अपना ख्याल रखिएगा असल अल्लाहफ